हेलो दोस्तों मैं आज निकालने वाला हूँ हुकॉन्ग तो आप देख सकते हो मेरे पास कितने सारे डायमंड अरे बाबा मैं डायमंड से नहीं निकालने वाला हूँ मैं व्हाइट टोकन से निकालूंगा तो, तो फिर शुरू तो करते हैं तो तो मेरे पास सौ तो टोकन है अभी मैं निकालूंगा क्या तो ओपन अरे हुक हुई निकालूंगा हु मिल गया हु निकालूंगा एक ओपन